सब मैं आप सब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं तो कैसे हैं आप लोग? सब मैं आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा पूरी वीडियो को देखना समझना और फिर करोड़ों रूपए चाप दिए और आप सिर्फ हालत बताते रहे हो अभी आपकी खुद की हालत खराब हो पड़ी है ये सोचे की भैया यूट्यूब से लोग करोड़ोपति के अर्घोपति बन चुके हैं लेकिन तुम बैठे रह जाओगे लेकिन आज तुम सोच रहे हो हमने पहले क्यों नहीं शुरू कर दिया भाई पहले कहां से करते कैसे पता चलता तुमसे तो कहा उन्होंने, उन्होंने कि, कह तुम कर कि एक यूट्यूबर कितना पैसा मांगा था तो कोई ना बताता था सिर्फ बाबा जी का उस टाइम मैं भी सोचा था कि एक हजार रुपये खर्च करता अगर मैंने वीडियो बना दी तो मुझे क्या मिलेगा बाबा जी डी का लेकिन आज समझ में आया कि छोटा सा बालक भी डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो दिखा दिखा कर दिखा दिखा कर 500 लाख रुपए कमा रहा भैया क्या हो रहा है एक, तो नहीं नहीं अच्छा एक और चीज बात करो अगर हम कंटेंट की बात करते तो कंटेंट तुम्हें भी समझगा कंटेंट छोड़ो अगर तुम्हें न्यू समझवा कब वीडियो किस दिन वीडियो कितने दिन में वो तुम्हें कुछ ना समझवाया क्योंकि अगर हम देखते तो बड़े ब्लॉगर्स को देखते हैं यूट्यूब बड़े बड़े ब्लॉगर्स में एक की बात करता हूँ कैरी मीनार भैया वो तो तीन महीने में वीडियो बनाकर डालता है उसमें वो पंद्रहवीं बार वीडियो बनाता है इसने कम से कम एक वीडियो में दस टी शर्ट बदलती मतलब कि दस दिन में वीडियो वीडियो भाई कैसे करेगा यार तू तो इतना बड़ा ब्लॉगर है फिर ऐसा क्यों कर रहा पर जो भी तो बढ़िया कर रहा है मजा आ गया लेकिन तुझे ये बात तो बता देनी चाहिए कि भैया आओ तुम भी कमाओ हम भी कमाते तुम भी कमाओ क्या हुआ तुमने कंपटीशन से डर लग रहा था क्या मुझे तो ऐसे लग रहा भैया तुम डर गए कॉम्पिटिशन आ जाए हमारी तरह कभी तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए और भैया एक और बात बताओ अब तुम दूसरे की बात कर लो ये तीन डर महीने में डाले अगला भैया रोज डाल देता है सुबह उठता मोबाइल लेता रात तक का अपना पूरा दिनचर्या तुम्हें बता देता है और तुम धड़ाधड़ धड़ाधड़ लाइक ठुक ठोक करना उसकी दिनचर्या तुमने सुधार दी है कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया अब तुम अपने बारे में सोचो कि तुम क्या करना चाह रहे हो पहली बार तुम ये सोच रहे हो चैनल बना तो कंटेंट क्या लू कंटेंट क्योंकि कंटेंट पता कौन सेट होते हैं जैसे हमारे भैया कंटेंट होता है काली देख दे उसने करोड़ों रुपये का ला एक है कच्चा बदाम कर करके उसने करोड़ों रुपये कमा ली एक अपनी दिनचर्या दिखा अब तुम क्या करोगे तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा होगा। तुम बहुत कन्फ्यूजन रखे हो इसलिए मैंने भैया मैं ना पूछूंगा कि कैसे हो आप लोग भैया ऐसा तो मैं भी बोल सकूं बुढ़े की, भी की सब क्यों सकूँ, लेकिन कोई लाइक आएगा घंटा दो सौ व्यू आएंगे उसमें दो तीन लाइक आएंगे तुम देखोगे चले जाओगे कुछ ना करने को मुझे सब पता फिर भी मैं कोई बात ना मैं डालूंगा और बताऊंगा और बाय बाय फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बा तो कैसे हैं आप लोग बताऊ मैं तो कैसा हूं भैया मुह भी आ ऐसी सब आवाज निकलनी पर मेरे लाइक ना आते ना व्यू आते और मैं यू कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर जाओ तो बाय बाय फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तो भैया जाओ ना लाइक कर जाओ या तो जाते ना हो या शुरू में चले जाओ तो मैं जा रहा हूँ